चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना हम विनती करते जी गुरु जी तेरे, आग, तेरे आगे साहेब तेरे आ गए ब मेरी सुनो गरीब ने वाह जल की बूंद महल रचा भला बनाया साध गुरु जी तेरे आग साहेब हम विनती करते जी गुरुजी तेरे ब मेरी बिनती सुनियो अरज अबा मदर पितर करी मतू पुतर पता को ल गुरुजी हम बिनती करते जी गुरु ब मेरी विनती कर जोरू करता तन मन धन कौरबान दानी जो मोहे दीदार गुरु जी तेरे आग साहब विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहब मालिक मीरा मेरबान सुनियो अर दया पाखो शीस पर जमना हो तेरास गुरु जी तेरे आग साहेब ती करे जी गुरु जी तेरे आग साहेब मीराम मेर कर आया तक श्याम समर्थ तुम आसुर बंदी जाम गुलाम गुरु जी तेरे आग साहेब हम विनती कर तेजी गुरु जी गुरुजी तेरे आग मैं समर्थ के आस रदम कदम करता गफलत मेरी दूर करो खड़ा दुर दरबार गुरु जी तेरे आ गायब गुरु जी तेरे साहब तेरे आगे अविनाशी के आस रे अजरावर की शाम अर्थ धरम कम मोक्ष होइ हो सम राज गुरु जी तेरे आग साहेब ग विनती करते जी अर आवाज अनाथ की आज के अरदास आवन जाना बेटियों उन चलबास गुरु जी तेरे आ गायब विनती करते जी गुरु जी तेरे आ साहेब ट ब्र मांड का एक रति नहीं बा सत्य गुरु से कबीर हैं कुल के सिर जन आारे गुरु जी तेरे आगे हम विनती कर तेजी गुरु जी तेरे जोगन जोगन के पाप साहब योगन योगन के मैल जानत है जगदीश तू जोर किए बद फैले गुरु जी तेरे आगे साहेब हम विनती कर तेजी गुरु जी तेरे अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गुरुज तेरे आग साहेब हम विनती करते जे गुरुज तेरे आग साहेब अकाल पुरश साहेबदणी अविगत अविनाशी ग्रीपदास शरण लगा कटो यम फांसी गुरु जी तेरे आग साहेब हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे अकाल पुरश साहेब धनी अवगत अविनाशी ग्रीब दास शरण लगा कटोम फांसी गुरुज तेरे आगे हम विनती कर तेजी गुरुज तेरे आग, आग। साहे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे मारे उ पाठ पर कास बदाई मा टोंगिए मारे उया पाठ पर कास बधाई मैं मारे आए साब कबीर बदाई म आए साहेब कबीर बदाई टूंगी हे मारीबदास बदाई मेमार आए ग्रीबदास बदाय ए मारे आए राम देवानंद बदाई मैं बाटोंगी ये मारे आए स्वामी राम देवानंद बधाई मैं बाटू मारे उ पाठ पर प्रकाश बदाए अमर लोक से चल कर आए अमर लोक से आए बब बंधन से जीव छोड़ाए बब बंधन से जीव हे दे मंत्र सतलोक पठाए दे मंतर सतलोक आये ये देते निश्चल ये मरे पर बदाई मे बा टूंग मरुआ पापादाई पाप पौन को हर दम तोलू पाप पौन को दम तो लू दुसम में मैं कहती डोलू घर घर में दुश्मन में तसबी से बोलो दुश्मन में तस्वी से बोलो तुम करियो आवण की खास बदाई माटूंगी मार उपा शबदाई बधाई मारे भक्त महात्मा आवेंगे मारा भक्त महात्मा मेंगे वो गुण साहिब के गावेंगे वो गुण साहेब के गे मारे बड़ मभूत मिट जावेंगे मारे पर मूत के फिर वह निसवास बदाई माटूंगिये मार उपरवा नगर निवासी सबियाड़ा नगर निवासी सभी आपस के मतभेद भुलाना आपस के मतभेद कोई जन में सबको चला जाना कोई जन में सबको चला जाग की आश बदाई मा टोंगी मार उपा बदाई मै दुख मेट और सुख का दाता दुख मेट और सुख का पूरण ब्रह्म है आप विदाता पूरण ब्रह्म है आ जब चाहे चोला धरे आता जब चाहे चोला धरे आता हुआ सोलतानी क खवास बदाई माटूंगी मारवा पाठ पर काशा काशी मै केसव बने आया काी में केसव सम्मन के घर भोग लगाया सम्मन के घर से ऊ दड़ परशीस चढ़ाया से ऊ दड़ पर शीस यट करम की फांस बदाई मा टूंगी मार उ पाठ पर जिसे घर का ये हो तपाठ जी जिसे घर का ये पाठ जी, उन भगतों के हो जठाठ जी उन भगतों के हो जठाठ जी भगती बहू ने बारा बाठ जी भगती <laughs> जिनको लगी ना भजन की प्यास बदाई मा टूंगी मारे हुआ पाठ प्रकाश बदाई मा गोरू राम देवा नंद गुण गाता है स्वामी राम देवा देवानंद गुण दस राम पाल को समझाता है दास राम पाल को समझा भजन बिना नहीं सुख पाता है भजन बिना नहीं सुख पाता चाहे पृथ्वी पति हो खास बधाई में बाटूंगी ये मारे हुआ बधाई मू गुरु राम देवा आनंद गुण गाता है स्वामी राम देवा आनंद गुण दाश राम पाल को समझाता है दस राम पाल पालको समझा भजन बिना नहीं सुख पाता है भजन बिना नहीं सुख पाता है चाहे पृथ्वी पति हो खास बदाई मा टूंगी मारे उ पाठ पर खास बदाई मे मारे आए साहिब कबीर बदाय मारे आए साहेब कबीर बदाय मार आए गरीब दास बदाय मार आए गरीब दास टोंगिए मार आए राम देवानंद बदाई मैं बा टोंगिए मार आए राम देवानंद बदाई मिया मार वाठ पर काकाश बदाई मैं बा टोंगिए मारे हुआ पाहे बदाई मैं बा टूंगी सत्साहे